वेलकम टू आई टी चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज मैं आपके सामने मैथमेटिक्स की एक फिर से नई क्लास लेकर के आया हूं जो कि मैंसोरेशन से रिलेटेड है पिछली क्लास में मैंने मैंसोरेसन चैप्टर के कुछ फार्मूले आपको कराए हुए थे अब मैं उन्हीं फार्मूले से रिलेटेड एक एक टॉपिक से नुमेरिकल आपको तो करवाने जा रहा हूँ अब मैं सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो तो टॉपिक लिया हुआ है वे ट्रैगुल जो कि त्रिभुज है अब हम देखेंगे के किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कौन सा फार्मूला इसमें यूज करेंगे सबसे पहले तो हम देखेंगे त्रिभुज जो है किस तरीके से बनता है और त्रिभुज को बनाने के लिए कितनी लाइंस की आवश्यकता होती है मेरी जो हमारा त्रिभुज है, तीन लाइंस से मिलकर बना होता है ये ये हमारा त्रिभुज हो गया। तो चीज हमें मालूम होना चाहिए। कोई भी त्रिभुज होगा जो तीन रेखाओं से मिलकर बना होता है वो आकृति हमारी त्रिभुज फैलाती है अब देखेंगे त्रिभुज का प्रत्येक को अगर कोण दे दिया गया तो कैसे देगा? मान लिया। त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज हमारा। हमारा किसी का का एक कोण अगर बोल दिया गया, डिग्री है, है। तो कैसे देखेंगे हम? ये हमारा है। आपको ये हमने पहले ही बता दिया है। किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए हमें तीन रेखाओं की जरूरत पड़ती है यह आपको 90 डिग्री बोल दिया गया इस कोण को तो हमने 90 डिग्री इंडिकेट कर लिया अब इस त्रिभुज में हमें ये पता होना चाहिए, आधार किसे कहते किसे कहते कहते हैं, हैं और लंब किसे कहते हैं देखिए तो हमारा हो गया आधार यह हमारा है और यह हमारा है लंब तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति जो त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज का है है और के के तीनों कोणों योग 180 डिग्री होता है। इसके थर्ड नंबर पॉइंट अगर के एक कोण का मान 90 डिग्री बोला गया है, तो 90 डिग्री हमारा बिल्कुल होता है अब चैलेंज क्वेश्चंस की ओर सबसे तो हम देखेंगे देखेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर का का सलूशन सबसे पहले में क्या क्या चीजें दी गई हैं और पूछ रहा है उसके अनुसार त्रिभुज फार्मूला लगाएंगे अब जैसे कि त्रिभुज में आधार दिया गया है और ऊंचाई की गई तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल मतलब एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई बटे दो तो जो चीजें दी गई होंगी उसी के अनुसार हम फार्मूला लगाएंगे अगर हमें आधार दिया गया है और ऊंचाई दी गई है क्षेत्रफल निकालना है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे आधार में दिया गया है 19 सेंटीमीटर 19। हाइट हमें दी गई है ऊंचाई 17.5। पूरी के बटे दो अब हमें क्या करना है या तो हम टू सी काट दिए पूरा पूरा देखिए एक सिंपल तरीका यहां पे पॉइंट लगा है पॉइंट उठाएंगे एक जीरो आ गया। अब क्या करेंगे फाइव फोर या ट्वेंटी फाइव थ्री या फिफ्टीन फाइव फाइव या ट्वेंटी थर्टी फाइव को मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा थर्टी फाइव मल्टीप्लाई नाइनटीन नौ पन्ना पैंतालीस चार नौ त्रीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस पाँच तीन छ तीन तीन छ ये हमारा आ गया सिक्स सिक्स फाइव अपान फोर अब हम फोर सी से डिवाइड कर देंगे तो देखिए फोर बन जा फोर टू बच गया तो इसका बंदा ट्वेंटी सिक्स हो गया चार छबीस दो बच गया पाँच इधर है तो चार छण चौबीस अब हमारे पास एक बचा पॉइंट पॉइंट लगाया जीरो जीरो बढ़ा बढ़ा दिया दिया तो दिया मतलब मतलब ठीक है है है फिर हमारा हमारा हमारा दो लगा हुआ तो तो जो आ गया सिक, ये हमारा अच्ञा अच्ञा आया अब हमें तो याद हमने काट अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही का इस मेथड से आप डिवाइड करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा अब क्वेश्चन पांच सेंटीमीटर आठ सेंटीमीटर सात सेंटीमीटर जब कभी भी हमें तीन भुजाएं दी गई हो या बोला जाए त्रिपुज का क्षेत्रफल निकालिए तब हम जिस फार्मूले का यूज करते हैं का मतलब है जिसकी तीनों भुजाएं आसमान हो उसे हम विषम बहुत कहते हैं अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को सबसे पहले इस त्रिभुज में फार्मूला कौन सा लगेगा विषम बाहू का मतलब जिसकी तीन भुजाएं दी गई हो अलग अलग हो या फिर तीन भुजाई तो देखिए विषम भाव त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है विषम भाव त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू अंडर क्या है? हमारी है। इसके बाद में में हम इसे सॉल्व करेंगे अब जैसे इस तो बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर बराबर बराबर दिया दिया गया है सी में दिया गया है है 8 7 सेंटीमीटर अब हम इस बात का यूज करेंगे सबसे पहले एस निकालना है एस बराबर ए प्लस बी प्लस पूरे कपटे दो तो पांच प्लस आठ प्लस सात बटे दो हमारा हो गया आठ सात पंद्रह पांच बीस बीस बटे दो तो हमारा आ गया दस तो हमारी जो तो एस की वैल्यू आई हुई है अब इस फार्मूले में नोट करेंगे एरिया क्षेत्रफल बराबर अंडर बुक में एस ब्रैकेट क्लोज, S मतलब 8, S का मतलब मतलब 5. ये हमने नोट कर लिया. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. अंडर रूट में 10 को नोट कर लिया अब मल्टीप्लाई का 10 में से 5 काटा 5 आया 10 में से आठ काटा 2 आया 10 में 7 का 3 बचा अब तीन सौ तो हमारा ये अंडर रूट में 300 आया अब अगर हम इसे रूट से बाहर निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं लेकिन जो हमारा आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा अगर रूट में निकालना आपको तो नहीं मालूम है तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं रूट वाला चैप्टर आपको तो पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा वैसे तो मैंने रूट वाला चैप्टर आपको पहले पढ़ा दिया हुआ है जिस किसी ने नहीं देखा हुआ है की तो वीडियो आप देख सकते हैं। आई के लिंक पर क्लिक करके अब हम क्वेश्चन नंबर एक कोण 90 डिग्री है तथा इसका लंब 3 सेंटीमीटर आधार 4 सेंटीमीटर ठीक है इसके बाद में बोला गया है तथा नंबर लंब का अब ये हमारे तीन फार्मूले हो गए अब इसमें से जो चीजें हमें दी गई होंगी क्वेश्चन में वे हम देखेंगे और जो नहीं दी गई होंगी उसे हम सॉल्व करेंगे अब जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है एक और 90 एग्री दिया गया है लंब हमारा 3 सेंटीमीटर आधा इतना तो हमें कर्ण निकालना तो जो हमें कर्ण निकालना है तो हम इस फार्मूले लंबा का स्क्वायर ये हमारा लंबा तो तीन का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब आधार हमारा ये स्क्वायर किया तो ये हमारा क्या तीन तीन का नौ चार तो सोला सोला ना हमारा पच्चीस आ गया अब अंडर उससे पच्चीस को बाहर निकालेंगे मतलब five five क्या twenty five पच्चम पच्ची तो हमारा इतना आ गया पांच सेंटीमीटर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक एक त्रिभुज त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर दी हुई है, है। तो समबाहु का क्षेत्रफल अब सबसे पहले हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए उसी के बाद में हम इसे याद करते हैं देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो कुछ कहते कहते हैं हैं हैं हमारा है है त्रिभुज त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती उसे हम जी पे गई एक एक एक यदि की भुजा 6 सेंटीमीटर दी तो छीमी त्रिपुज का क्षेत्रफल अब देखिए होता है अंडर रूप में अपॉन फोर समा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूप थ्री फोर एक स्क्वायर अब देखिए इस फार्मूले के द्वारा ही हम अगला क्वेश्चन सॉल्व अंडर हमारी क्या क्या है है है भुजा है। भुजा भुजा को हम बोलते हैं अब यहां है है? एक भुजा पे दिया हुआ 6 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल निकालना है तो 6 सेंटीमीटर तो समाउत का क्षेत्रफल क्या होगा एरिया अंडर रूप में थ्री अपान फोर मतलब मल्टीप्लाई में सिक्स का स्क्वायर ये जो ए हमारा रूट के अंदर नहीं आएगा ये रूट के बाहर आएगा अब देखिए में थ्री फोर की वैल्यू क्या होती है जो कि हमें निकालना पता होना चाहिए अगर नहीं पता है तो आप इसे रट लीजिए इससे कि निकालने में आपका समय नहीं बर्बाद होगा अंडर वु थ्री फोर की वैल्यू होती है जीरो अगर रूट से वैल्यू बाहर निकालने आपको नहीं पता है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। नहीं तो फिर से आपको क्लास में अब देखिए इसका हमें चार तीन बारह दो हासिल है जीरो जो वो एक आ गया इसके तीन तीन तीन तीन बारा, दो हास तो, नौ पाँच पंद्रह दो दो चार एक पांच एक तो हमारा आंसर कितना है एक दो तीन तीन के बाद हमारा जो एरिया आ गया भी अगर एरिया निकालेंगे तो हमारा घन में में नहीं निकलता निकलता है, वो में निकलता है। सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमें वाली दी गई होगी ये हमें सेंटीमीटर में दी गई है, तो इसका जो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा तो आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर दी है, तो त्रिभुज का जो फिगर होता है वह इस तरीके से होगा जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी मान कि ये दो भुजाएं बराबर हैं और ये हमारी भुजा बराबर नहीं है जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम सम दिबा कहते हैं अब हम देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है टर दीवी है तो संबाओं फोर मल्टीप्लाई रंग छत्तीस माइनस बारह रंग एक सौ चौवालीस तीन तो हमारा क्या आएगा छत्तीस मल्टीप्लाई चार छो चौबीस दो चार बारह दो चौदह तो एक सौ चौवालिस माइनस एक सौ चौवालिस एक सौ चौवालीस से एक सौ चौवालीस माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ गया जीरो तो अंडर में जीरो की वैल्यू क्या होगी होती तो तो तो इसका आंसर आंसर जो हमारा आएगा, या या तो माने? हम हम ये ये अंडर में की वैल्यू जब निकालेंगे देखिए इस तरीके से निकालेंगे तो जीरो से कोई टेबल पड़ेंगे तो जीरो ही आएगा ठीक है तो इसका जो तो आंसर हमारा आएगा थ्री आएगा इस तरीके से आज जो तो मैंने का टॉपिक पढ़ाया हुआ है त्रिभुज से रिलेटेड आज ये टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ कल की क्लास में मैं का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आऊँगा अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो